तेईस अप्रैल को विराट कोहली के लिए डग दे जाहिर कर देना चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि हमने देखा होगा 2017 में तेईस अप्रैल 2017 में केके और आरसीबी का मैच था और उसमें विराट कोहली डग पे आउट हो गए मतलब कि जीरो रन बना के एक गेंद हुई थी और साथ ही साथ दो 22 में SRH और RCB का मैच था उसमें भी विराट कोहली डक पे आउट हो गए और साथ ही साथ इस सीज़न मतलब 2023 में 23 अप्रैल 2023 में RR के सामने RCB का मैच था और उसमें भी विराट कोहली डक पे आउट हो गया अब आपका क्या कहना है विराट कोहली को 23 अप्रैल के दिन क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक आस